किम जोंग अपनी असली उम्र किसी को नहीं बताता इसे दुनिया के सबसे यंग नेताओं में गिना जाता है नंबर टू किम जोंग पढ़ाई लिखाई में काफी कमजोर था इसीलिए उसके पिता ने उसका एडमिशन स्विट्जरलैंड के टॉप स्कूल में कराया था जहां उसने अपनी पहचान छिपाकर पढ़ाई की थी नंबर थ्री स्विट्जरलैंड में पढ़ाई के दौरान किम को स्विस चीज ऐसी बहुत प्यार हो गया था इस चीज को खाने की वजह ऐसी ही वो मोटापे का शिकार हो गया हर साल स्विटरलैंड ऐसी काफी मात्रा में चीज नॉर्थ कोरिया भेजी जाती है नंबर फोर दो में पिता की के बाद नॉर्थ कोरियन आर्मी को किम जोंग ने अपने अंडर में ले लिया था वो पहला ऐसा शख्स है जिसे मिलिट्री की कोई समझ नहीं है न ही उसने कोई ट्रेनिंग ली है फिर भी वो आज मिलिट्री हेड है नंबर फाइव ऐसा माना जाता है कि किम जोंग अपने दादा से काफी प्रभावित था और उनकी तरह दिखने के लिए उसने कई दफा प्लास्टिक सर्जरी भी कराई है